नमस्कार स्वागत अभिनंदन मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिनांक 21 फरवरी के दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में जी हां दर्शकों प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो छोटा सा एक काम करिएगा अपनी डेट ऑफ बर्थ अपनी टाइम और जो है बर्थ का प्लेस ये कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर दीजिएगा यथेष्ट प्रयास रहेगा हमारा कि सभी लोगों को उनकी वास्तविक चंद्र राशि से हम अवगत कराएँ दर्शकों पहले पंचांग पर एक दृष्टि डाल लेते हैं लेकिन आप लोगों को अत्यंत सूचित करते हुए यह हर्ष हो रहा है कि 28 और 29 मार्च को मुंबई आगमन हो रहा है जो भी दर्शक मुंबई या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं, आप लोग हमसे मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं आज के पंचांग क्या कैसा है पांच अंगों से मिल करके पंचांग बनता है पंचांग के ये पांच अंग है तिथि वाहन नक्षत्र योग विक्रम संबंध दो हजार छिहत्तर सत संबद्ध नामक संवत्सर चल रहा सूर्योदय होगा प्रातः छह पर सूर्यास्त होगा शाम को पाँच पर अयन है उत्तरायण तिथि रहेगी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और त्रयोदशी तिथि रहेगी शाम को पाँच बजकर इक्कीस मिनट तक की इसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी त्रयोदशी को बैगन और चतुर्दशी को सहद का सेवन नहीं करना चाहिए ब्रह्मा बाय पुराण में इसकी स्पष्ट रूप से मनाही है नक्षत्र रहेगा उत्तरा और श्रवण नक्षत्र रहेगा वहीं बड़िज और वृष्टिकरण रहेगा साथ ही साथ व्यतिपात और वरियान योग रहेगा दर्शकों आज के अशुभ समय पर चलते हैं शुक्रवार क्योंकि तो दिन रहेगा तो राहु काल आज का जो रहेगा सुबह दस बजकर पचपन मिनट से लेकर के बारह बजकर बीस मिनट तक का राहु काल रहेगा आज कार्यों को करना इस पीरियड में मनाही है अगर आपको शुभ कार्यों को करना होगा तो कोशिश कीजिएगा कि बारह बजकर चौबीस मिनट से लेकर के और बारह मिनट के बीच आप लोग शुभ कार्यो को करिएगा चंद्रदेव कैप्रिकॉन जी हाँ मकर राशि में चलायमान रहेंगे साथ ही साथ सूर्यदेव कुंभ राशि में चलायमान रहेंगे शुक्रवार दिन रहेगा और दिशा सूल आज रहेगा ये रहेगा पश्चिम दिशा की ओर तो पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से आज आपको बचने के सितारे सलाह दे रहे हैं साथ ही साथ दर्शकों आज का जो दिन रहेगा देखिए 21 तारीख जो दिन रहेगा ये भगवान भोले शंकर का दिन रहेगा अर्थात आज के दिन महाशिवरात्रि है तो कुछ ऐसे प्रयोग कुछ ऐसे उपाय आप लोगों को बताएंगे कि जिनको करके यदि आपके जीवन में भी कीमद्रूम दोष बना हुआ है यदि आपकी भी जन्मकुंडली में भी पितृदोष बना हुआ है यदि आपकी जन्मकुंडली में भी श्रापित दोष बना हुआ है यदि आपकी भी जन्मकुंडली में चंद्र राहू का चाहे सूर्य राहू का ग्रह दोष हुआ है तो कुछ छोटे छोटे उपाय हैं इन उपायों को करके आप शुभता में वृद्धि कर सकते हैं तो पंचांग के बाद हम जो है बढ़ते हैं राशिफल पर और राशि फल के अनुसार ही हम सबको उपाय बताते जाएंगे तो मेष राशि के जातको आज का दिन कैसा बीतेगा दिन भर मानसिक रूप से स्वस्थता का अनुभव करेंगे पारिवारिक जीवन आज, आज आपका सुखी रहेगा साथ में आज कहीं धार्मिक यात्राओं का योग बन रहा है सितारे सलाह दे रहे हैं संभावनाएं है, अधिक रहेंगी फिर भी आज, आज आपको अपने विचारों और आवेश को अंकुश में रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं विदेशी व्यापार से जुड़े हुए लोगों को सफलता और लाभ प्राप्त होगा साथ ही साथ आज वाहन सावधानी पूर्वक आप लोग चलाइएगा उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा तो आज देखिए भगवान भोले शंकर पर आपको दूध में थोड़ा सा गंगा जल शहद और थोड़ी सी हल्दी डाल करके आपको रुद्राष्टक के जो है पाठ से अभिषेक करना चाहिए रुद्राष्टक का पाठ भी देखिए आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर जा करके हमको फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर है नमामि शमी श्याम रूपम विभूम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम आप लोग गूगल कर लीजिएगा और इस पाठ से यदि आप अभिषेक करते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपके सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे साथ ही साथ आज आज के दिन प्रयास करिएगा कि, कि किसी जरूरतमंद को शहद का दान जरूर करिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा वाइट शुभ अंक रहेगा दो अगली राशि पर आते हमारी अगली राशि आती है वृषभ वृषभ राशि के जात आज दिन भर आपके मन में आनंद छाया रहेगा अपने कार्य में आज व्यवस्थित रूप से आप आगे बढ़ पाएंगे और योजना के अनुसार कार्य भी कर पाएंगे अपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण करते हुए दिखाई पड़ रहे कार्यालय में सहकर्मियों का सहयोग आज आपको अच्छा मिलेगा मानसिक रूप से भी आज आप आनंदित रहेंगे साथ ही साथ जो हमारे वृषभ राशि के जातक हैं इनके जीवन में आज किसी नए प्रेम का उद्भव हो सकता है आपके जीवन में कोई नया जो है अजनबी आ सकता है उपाय के तौर पर आज वृषभ राशि के जातकों को करना क्या रहेगा तो देखिए शिवरात्रि है भगवान भोले शंकर का आज दिन है आप लोग प्रयास करिएगा कि जो इत्र आता है इसको ले करके भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाइएगा और साथ ही साथ बिल्बपत्र एक सौ ले लीजिएगा एक सौ आठ को ओम नमा शिवाय इस मंत्र से आप लोग जो है चढ़ा सकते हैं भगवान बोलो ना आपको जल्दी प्रसन्न होंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो बढ़ते हम अपनी अगली राशि पर हमारी अगली राशि आती आती मिथुन लेकिन दर्शकों फटाफट आप लोगों से एक उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लाइक कीजिए इस वीडियो को जम करके शेयर करिए मिथुन राशि के जातकों जीवन साथी और संतान के विषय में चिंता रहेगी जिसके कारण मन में उद्वेग बना रहेगा आज देखिए पेट में अजीड़ता रहने के कारण स्वास्थ्य भी कुछ नरम गरम आपका रहेगा आज खर्च की मात्रा पहले दिनों की अपेक्षा ज़्यादा रहेगी विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है संभव हो तो वाद विवाद टालिएगा किसी दूसरे के लड़ाई झगड़े में आज आपको पढ़ना नहीं है किसी के साथ मन मुटाव के प्रसंग उपस्थित ना हो इसका आज आपको ध्यान देना पड़ेगा उपाय के तौर पर आपको क्या करना रहेगा तो आज के दिन भगवान भोलेनाथ पर शमी पत्र चढ़ाना है साथ ही साथ चंद्रशेखर स्त्रोत का आज, आज आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ब्लू अर्थात नीला रंग और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक चार बढ़ते हम अपनी अगली राशि पर हमारी अगली राशि आती है आती है कैंसर कर्क राशि तो कर्क राशि के जात आज आप लोगों को वाहन सावधानी पूर्वक चलाना होगा शारीरिक स्फूर्तिक और मानसिक प्रसन्नता बनाए रखने के लिए आज कुछ कष्ट का अनुभव आपको हो सकता है आपके सीने में आपके छाती में कुछ पीड़ा का भी अनुभव हो सकता है साथ ही साथ आज आपको तेज ज्वर की भी शिकायत हो सकती है आज आपके घर में सदस्यों के साथ किसी विषय पर उग्र रूप से चर्चा हो सकती है और आज घर परिवार में लड़ाई झगड़ा इत्यादि हो सकता है धन आज आपका बहुत अधिक खर्च होगा तो पैसों को खर्च करने से आज बचने के सितारे सलाह दे रहे हैं साथ ही साथ आज वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा और मन में किसी प्रकार की टेंशन मत रखिएगा उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह दोष बना हुआ है या केमद्रुम दोष बना हुआ है तो सबसे पहले तो आज नमक को एवाइड आप लोग कर दीजिएगा साथ ही साथ आज भगवान भोलेनाथ पर आप लोगों को जो है बेल शमीपत्र और धतूरा ये संयुक्त रूप से चढ़ाना रहेगा और दूध से आज रुद्राष्टक के पाठ से आप लोग अभिषेक करिए या रुद्री पाठ आप लोग बुक ले लीजिए भगवान भोलेनाथ की आती है गीता प्रेस की इससे आप लोग जो है एक रुद्री पाठ भी कर लेंगे तो आपके लिए पर्याप्त रहेगा तो इससे आज आप लोग अभिषेक करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पाँच बढ़ते हम अपनी अगली राशि हमारी अगली राशि आती है सिंह सिंह राशि के जातकों भाई बहनों के साथ संबंधों में मिठास आज बनी रहेगी मित्रों और स्नेही जनों के साथ किसी किसीय पर्यटन स्थल पर घूमने फिरने का आज आप लोग आनंद उठा सकते हैं आज के दिन आपका आरोग्य भी अच्छा रहेगा आर्थिक रूप से भी आज, आज आपको लाभ होगा मानसिक रूप से उद्वेग रहित रहेंगे भाग्य वृद्धि होने के भी संकेत हैं नए कार्य प्रारंभ करने के लिए आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा सिंह राशि के जात को तो आज भगवान भास्कर को अर्घ दीजिए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए साथ ही साथ आज किसी शिव मंदिर में जाकर के आपको सफेद चंदन का दान देना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात कन्या राशि के जात आज आपको वाड़ी पर मधुरता रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं साथ ही साथ आज आपकी सकारात्मक छाप दूसरों पर पड़ती हुई दिखाई दे रही है पारिवारिक वातावरण भी अच्छा रहेगा फिर भी वाड़ी पर संयम बरतने से बात विवाद की संभावनाएं कम हो सकती है आर्थिक कार्य भी आज सुखपूर्वक संपन्न होंगे नकारात्मक विचारों से दूर रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं जीवन साथी के साथ किसी तो देखिए आज आप लोग भगवान भोलेनाथ पर जो है शहद से अभिषेक करिएगा साथ ही साथ आप लोग चंद्रशेखर स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं रुद्राष्टक का आप लोग पाठ कर सकते हैं और। साथ ही साथ शिव मंदिर में आज आप लोग शिव सहस्त्र नाम बैठ करके पढ़ सकते हैं निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ की आपके ऊपर कृपा बरसेगी ही बरसेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा देखिए ये रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार बढ़ते हम अपनी अगली अगली राशि राशि राशि पर हमारी अगली आती है तुला तुला के जातकों आज आपके प्रत्येक कार्य में आत्मविश्वास झलकता हुआ दिखाई पड़ेगा आर्थिक योजनाएं भी आज सरलतापूर्वक आप लोग बना सकते हैं शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रसन्नता का अनुभव होगा वस्त्र और आनंद प्रमोद के पीछे आज, आज आपका धन खर्च होगा वैचारिक रूप से दृढ़ता रहेगी आज आप लोगों के जो है जीवन में किसी नए प्रेम का जो है उद्भव हो सकता है अविवाहितों के लिए कोई विवाह का प्रस्ताव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है साथ ही साथ उच्चाधिकारी आज आपसे भले प्रसन्न होंगे और किसी नए कार्यों को आपको सौंप सकते हैं उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा तो 108 सौ आठ लीजिएगा और सफेद चंदन से उस पर ओम नमः शिवाय आपको लिख करके भगवान भोलेनाथ को ओम नमः शिवाय मंत्र से आप लोग जो है अर्पण करिए साथ ही साथ आज आप लोग जो है मीठा चावल ये गाय को जरूर खिलाइए आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो अगली राशि जो आती है आती है वृश्चिक जी हाँ स्कॉर्पियो राशि के जातकों आज के दिन मौज और शौक और मनोरंजन के पीछे आपका धन खर्च होगा स्वास्थ्य के संबंध में शिकायत रहेगी मन के अंदर चिंता की भावना रहेगी दुर्घटना से बचने की सितारे सलाह दे रहे हैं वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा कुटुंबी जनों और सगे संबंधियों के साथ गलतफहमी या अनबन हो सकती है कोर्ट कचहरी संबंधी कार्यो में सावधानी रखें हर एक विषय में संयमित व्यवहार अनर्थ होने से आपको बचा लेंगे साथ ही साथ आज किसी के ऊपर एलिगेशन मत लगाइएगा आपकी साख कुछ किस सकती है। जीवन साथी के साथ संबंध आपके ठीक रहेंगे लेकिन गन्ने के ले रस से अभिषेक करिए शुक्रवार दिन रहेगा दूसरा का तो कई ये बन रहे हैं निश्चित रूप से आपको लाभ साथ ही साथ समाज में मान प्रतिष्ठा मिलेगी आज पारिवारिक जीवन में भी सुख संतोष की भावना का आप लोग अनुभव करेंगे आय में वृद्धि और व्यापार में लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है मनपसंद भोजन का आज आपको आनंद प्राप्त होगा आज अपने जीवन साथी के साथ दोस्तों के साथ मित्रों के साथ किसी रमणीय स्थान में जो है घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं पर्यटन की योजना बनेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा धनुराश के जातकों को धनुराशि के जात को आज ललिता सहस्र नाम का पाठ करिए साथ ही साथ आज भगवान भोलेनाथ को आपको जा करके अनार के रस से अभिषेक करना रहेगा रुद्राष्टक के पाठ से आपको लक्ष्मी प्राप्ति होगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक साथ कैप्रिकॉन मकर राशि के जातकों व्यवसाय के क्षेत्र में धन मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी आज आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा लेकिन भागदौड़ ज़्यादा रहेगी पूर्व में यदि आपने किसी को धन उधार दिया है तो आज, आज आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उच्च पदाधिकारी आज मकर राशि के जातकों से बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे मकर राशि के जातकों के जीवन में आज पदोन्नति का संयोग बन रहा है अर्थात जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आपको जो है कुछ प्रमोशंस इत्यादि मिल सकती है सरकार से मित्र से तथा सगे संबंधियों से आपको लाभ होंगे जीवन में आनंद का अनुभव होगा संतान की प्रगति आपके मन में संतोष की भावना का एहसास कराएगी उपाय के तौर पर करना क्या तो साथ साथ चढ़ा करके और फिर आप लोग चंदन सफेद चंदन जरूर चढ़ाइएगा तब अभिषेक करिएगा निश्चित रूप से आपके जीवन में चली आ रही बाधाओं को भगवान भोलेनाथ दूर करेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये आज रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक सात बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि हमारी अगली राशि आती है आती है क्वायर, जी हाँ कुंभ राशि कुंभ राशि के जात को शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने पर भी मानसिक स्वस्थता बनाए रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं आज काम करने का उत्साह कम रहेगा नौकरी में उच्च पदाधिकारियों से संभल रहना पड़ेगा मौ शौक तथा घूमने फिरने के पीछे आज आपका धन खर्च होगा संतान के संबंध में कुछ चिंता रहेगी प्रतिस्पर्धियों के साथ चर्चा में न उतरे तो ठीक रहेगा अन्यथा आपकी डिफीट होगी हार होगी विदेश से शुभ साथ साथ क्षरी तो मंत्र का आज आपको जाप करना रहेगा एक सौ आठ बार साथ ही साथ आज किसी मंदिर में आपको चावल का दान देना पड़ेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक छे अंतिम राशि पर बढ़ते हैं लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा बगल में बना बेल आइकन दबाया होगा आप लोगों को पुनः अवगत करा दें कि 28 और 29 मार्च को मुंबई आगमन हो रहा है आप लोग शिवम जी से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज पूछ करके आप लोग प्रोसेस पता कर सकते हैं मीन राशि के जातकों देखिए आकस्मिक धन लाभ का योग दिखाई पड़ रहा है मानसिक तथा शारीरिक श्रम के कारण स्वास्थ्य कुछ खराब हो सकता है आज आपको कुछ सर्दी खांसी की तकलीफ हो सकती है पेट में दर्द हो सकता है आज आपके खर्चों में वृद्धि होगी आज आपको जल से भय है, अर्थात जलाश जलाशयों से आपको दूर रहना होगा ईश्वरीय भक्ति और आध्यात्मिक विचार आज आपके कष्ट को कम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं लंबी दूरी की यात्राओं का योग आज, आज आपके जीवन में बन रहा है साथ ही साथ आज के दिन कार्यक्षेत्र पर कुछ आपको निराशा हाथ लगेगी आज आपको उपाय क्या करना रहेगा तो आज के दिन आप लोग देखिए सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जब जाइएगा तो इत्र आता है इत्र ले लीजिएगा और इत्र को केवल आपको जो है नमः शिवाय मंत्र बोलना है इससे अभिषेक करिए साथ ही साथ इत्र चढ़ाने के बाद भगवान भोलेनाथ पर दूध में काला तिल या तिल का तेल मिक्स कर लीजिएगा और महामृत्युंजय मंत्र जी हाँ महामृत्युंजय मंत्र से आपको अभिषेक करना रहेगा आज के दिन आप लोग प्रयास करिएगा कि नमक का सेवन मत करिए नमक अवाइड करिए और शुद्ध और सात्विक रहिए तो शुभ कलर आपके लिए आ जाते हैं पिंक कलर पे आज आपका कलर जो रहेगा ये पिंक रहेगा शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक एक तो ये तो था हमारा मेष से लेकर के मीन राशि का राशिफल 21 फरवरी का कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें आप लोग का अवगत कराएं दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार